जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जिने जिन्हने प्रभु का नाम लिया तिने ने भोवसा कर पार किया जिन्हने प्रभु का नाम लिया तिनने भवसा गरपा किया जय रामशिया जय राम बजो रामशिया जय हाथी बनोगे डाल खाओगे कर लग जाएगा चौरासी लाख जोनियों में सफर करना है आदमी को हाथी बनोगे डाल खाओगे पैर में कर लग जाएगा चढ़ी महावत अंकुश मारे आंख से आँसू निकल जाएगा चढ़े महावत कुछ मारे आंख से आँसू निकल जाएगा बजो राम शिया जय राम शिया जय राम शिया जय राम शिया जिन जिन प्रभु का नाम लिया तिने ने भवसा घर पार किया जय रामशिया जयराम जय रामशिया घोड़ा बनोगे घास खाओगे घोड़ा बनोगे घास खाओगे गले में पगटा बढ़ जाएगा घोड़ा बनोगे घास खाओगे गले में पगटा बढ़ जाएगा चढ़ी सवार कोड़ा मारे आँख से आँच निकल जाएगा चढ़ी सवार जब कोड़ा मारे आग से आँचू निकल जाएगा भजो राम जय राम जय रामशिया जय राम राम, राम नाम के भजने से सब आपत आने से टल जाएगा राम नाम के जपने से सब आपत आने सेटल जाएगा आपद बिपत कौन पूछे जमराज भी आने से डर जाए आपद बिपत कौन पूछे जमराज भी आने से डर जाएगा भजो राम सिया जय राम जय राम स्या जय राम प्रभु का नाम नामिया तिने भवता गरपा किया जिन्हें जिनने प्रभु का नाम लिया तिन्ह भवता घर पार किया आ, भजो राम मसिया भजो रामसिया जय राम मसिया जिने जिनने प्रभो का नाम लिया तीन ने भवतार घर पार रखिया जय राम भजो रामिया जय राम भजो राम